बसमिल्लर अल्लाम आलैक् वरहल वर्का प्यारे दोस्तों दुनिया में जिस तरह किसी भी मज़हब को जानने के लिए उसकी किताबों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है उसी तरह दीन इस्लाम को समझने और समझाने के लिए कुरान मजिद ने हमीद का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है तो आइए जानते हैं हम इस चैनल से कुरान मजिद फुरकान हमीद का اور ضروری مسائل بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو जो مہربان رحمت والا ہے بسم اللہ अल्लाह के नाम से शुरू तफसीर सिरा में इसकी तफसर कुछ इस तरह है अहमद रहमतुल्लाह फरमाते हैं। अहमदर मजीद की इब्तिदा बिस्मिल्लाह से इसलिए की गई ताकि अल्लाह उसकी पैरवी करते हुए हर अच्छे काम की इब्तिदा बिस्मिल्लाह से करें और हदीस पाक में भी अच्छे और अहम काम की इब्तदा बिस्मिल्ला से करने की तरगीब दी गई है चुनाचे हज़रत अबू हुररा रदी अल्लाह से रिवायत है नेर्शाद फरमाया जिस अहम काम की इब्ता बिस्मिल्लर से ना की गई तो वह अधूरा रह जाता है लिहाजा तमाम मुसलमानों को चाहिए कि वह हर नेक और जायज़ काम की इब्ता बसमिल्लर से करें उसकी बहुत बरकत है और रमनिम जो बहुत मेहरबान रहमत वाला है थोड़ा सा दे दिया गया दूसरे दिन वो एक कुलाड़ा लेकर आया और दरवाजे को तोड़ना शुरू कर दिया उससे कहा गया की तू ऐसा क्यों कर रहा है उसने जवाब दिया तू दरवाजे को अपनी अता के लाइक कर या अपनी अता को दरवाजे के लायक बना ऐ हमारे अल्लाह रहमत के समुंदरों को तेरी रहमत से वो नस्बत है जो एक छोटे से जर्रे को तेरे अर्श से नस्बत है और तूने अपनी किताब की इब्तदा में अपने बंदों पर अपनी रहमत की सिफ बयान की इसलिए हमें अपनी रहमत और फजल से महरूम ना रखना बिस्मिल्ला से मुतिक चंद शाम कराम ने बिस्मिल्ला से मुताल बहुत से शरी मसायल बयान किए हैं इनमें से चंद बयान करता हूँ नंबर एक जो बिस्मिल्लाह हर सूरत के शुरू में लिखी हुई है ये पूरी आयत है और जो सूरह नमल की आयत नंबर तीस में है वो उस आयत का एक हिस्सा है नंबर दो बिस्मिल्लाह हर सूरत के शुरू की आयत नहीं है बल्कि पूरे कुरान की एक आयत है जिसे हर सूरत के शुरू में लिख दिया गया ताकि दो सूरतों के दरमियान फासला हो जाए इसीलिए सूरत के ऊपर इम्तियाजी शान में बिस्मिल्ला लिखी जाती है आयात की तरह मिलाकर नहीं लिखते और इबाम जहरी नमाजों में बिस्मिल्लाह आवाज से नहीं पढ़ता नीज। लेकिन अगर शागि मजीद पढ़ रहा हो तो उसके लिए सुन्नत नहीं नंबर पांच सूरत की में बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है वरना मुस्तहब है नंबर छ अगर सूरह तोबा से तिलावत शुरू की जाए तो आऊज और बिस्मिल्ला दोनों को पढ़ा जाए और अगर तिलावत के दौरान सूरह तोबा आ जाए तो बिस्मिल्लाह पढ़ने की हाजत नहीं अल्हदुल्ला आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में तब तक के लिए दो